Hey नमस्कार आप लोगों का टापर क्लासेस के प्यारे से YouTube फैमिली पर स्वागत है आज की लेक्चर में हम लोग किसी टॉपिक की बात नहीं करने वाले प्यारे बच्चों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने फर्स्ट भाग जो फिजिक्स का था वो पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिए हैं कुछ भाग और बच्चे हैं जो न्यूमेरिकल के रूप में आएंगे आपके तो काफी बच्चों का ये मानना था काफी बच्चों का ये पूछना था कि सर जी कौन सा टॉपिक कटा है कौन सी टॉपिक पढ़ना है या कहां से जो है हमारे एग्जाम में नंबर आने वाले हैं प्यारे बच्चों तो आज हम उन्हीं सभी की बात करने वाले हैं अर्थात आज हम उस 70 परसेंट सिलेबस के बारे में बात करेंगे जो कि कोरोना काल से जो है तीस परसेंट काट के हटा दिया गया था यूपी बोर्ड के सिलेबस से तो आज हम उन्हीं सेवेंटी सिलेबस के बारे में बात करने वाले प्यार बच्चों उनकी चर्चा करने से पहले सेवेंटी परसेंट सिलेबस को समझने से पहले और एक एक चैप्टर से कितने नंबर आने वाले प्यारे बच्चों कौन सी टॉपिक आपको तैयार करनी है उन सब की चर्चा करने से पहले यदि आप चैनल पर नया आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ ये वाला वीडियो तो जबरदस्त शेयर कीजिएगा प्यारे बच्चों चले तो हम देखते हैं कि आज हमारे जो सबसे फिजिक्स फिजिक्स की जो फर्स्ट भाग है उसमें पांच यूनिट बनाई गई हैं सबसे पहली यूनिट में रखी गई है स्थिर विद्युत की यानी फर्स्ट भाग में हमको स्थिर विद्युत की पढ़ना है जो कि हमने सारा वीडियो एक तरफ से एक तरफ तक हंड्रेड तो परसेंट अपना देने का प्रयास किया प्यारे बच्चों अब उनमें से कौन सी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी टॉपिक आपको पढ़ना है तो चलिए आपको स्क्रीन पे फर्स्ट चैप्टर का कौन से टॉपिक या कौन सी हेडिंग पढ़नी थी वो आपको दिखाई पड़ने लगा होगा तो गाइज आपकी जो स्थिर विद्युत की चैप्टर है उससे आपको पूरे सात अंक आपके बोर्ड में पूछता है कितना प्यारे बच्चों पूरे सात नंबर का एग्जाम में यहां से प्रश्न उठता है यदि आपने पहला चैप्टर तैयार कर लिया ठीक अब पहले चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है वो ध्यान दे रहा है सबसे पहली आपको वैद्युत आवेश पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ना प्यारे बच्चों फिर उसके बाद आवेश का संचरण पढ़ना है फिर कुलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के बीच बल बहुल आवेशों के बीच बल अध्यारोपण का सिद्धांत तथा सतत आवेश वितरण यानी इन टॉपिकों का अध्ययन आपको फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में करने हैं उसके बाद विद्युत क्षेत्र विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र फिर विद्युत बल वैद्युत के कारण वैद्युत क्षेत्र एक समान वैद्युत क्षेत्र में पर लगने वाले बलाघुड़ अर्थात विद्युत फ्लक्स इन सब का अध्ययन आपको फर्स्ट ही चैप्टर में करना है खैर बच्चों फिर उसके बाद सेकेंड चैप्टर भी मिला के फर्स्ट यूनिट में कर दी गई है अब सेकेंड चैप्टर में क्या आपकी पहले आती है सबसे पहली टॉपिक आपको पढ़ना है गौस का नियम क्या पढ़ना प्यारे बच्चों गौस का नियम पढ़ना है फिर उसके बाद गौस के नियम के अनुप्रयोग आते हैं तीन चार ठोकर के अनुप्रयोग भी होंगे तो उसमें से कौन कौन सा अनुप्रयोग पढ़ना प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा अनंत लंबाई के एक समान सीधे आवेशित तार के एक समान आवेशित अनंत समतल चादर मतलब आप कहेंगे सर मुझे कुछ चीजें इसमें समझने नहीं, नहीं आया आपको प्यारे बच्चों गॉस के नियम के अनुप्रयोग में गॉस के नियम के अनुप्रयोग में आपके इंटर वाले जो सिलेबस है वहां पर दो तीन अनुप्रयोग पढ़ाया गया है तो आपको पढ़ना कौन कौन सा है एक पढ़ना है अनंत लंबाई के कारण या अनंत लंबाई वाले तार के कारण जो चुंबक विद्युत की तीव्रता उत्पन्न होती है वो आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों फिर उसके बाद जो आपकी सेकेंड पोर्शन है इसी में वो आपको पढ़ना है समतल चादर के कारण कौन सा पढ़ना प्यारे बच्चों समतल चादर के कारण किसके कारण समतल चादर के कारण तो प्यारे बच्चों ये आपकी दो हो गए फिर उसके बाद थर्ड आपका था खोखले गोले के कारण कुछ ऐसे करके था खोखले आवेशित गोले की कारण तो बात कर लें जो आपका आपके मन में विचार चल रहा था कि कौन सा कटा है कौन सा नहीं कटा प्यारे बच्चों तो काफी लोगों ने कहा कि फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारी चीजें काट दी गई हैं कुछ भी नहीं प्यारे बच्चों केवल केवल गॉस के नियम के अनुप्रयोग में वल ये वाली हेडिंग कटी है इस हेडिंग को आपको यूपी बोर्ड के इस सिलेबस के जो 70 परसेंट सिलेबस है उसके दौरान ये वाली हेडिंग आपको नहीं पढ़ना है प्यारे बच्चों और मैंने इस हेडिंग को भी पढ़ा के रखा है क्योंकि हम लोग एक केवल एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं प्यारे बच्चों एक न्यू होनी चाहिए एक मजबूत बेस होना चाहिए उसके लिए सारी चीजें आपको पढ़ाई गई है अब आपके ऊपर डिपेंड करता है प्यारे बच्चों कि आपको क्या करना है तो हम बता दिए कि फर्स्ट चैप्टर में आपका खोखले आवेशित तो जो गोला है के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी बाहर अंदर पृष्ठ पर जो भी तीनों स्थितियां होंगी यही आपको टॉपिक वहां पर नहीं पढ़ना है सत्र यहीं से आपके क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछे जाने वाले हैं आगे फिर आगे क्या कर रहा है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव वैद्युत आवेश के निकाय के कारण वैद्युत विभव सम विभव पृष्ठ पढ़ना है फिर दो बिंदु आवेशों के निकाय तथा वैद्युत वैद्युत स्थिति ऊर्जा ये भी मैंने पढ़ाया है फिर चालक पढ़ना है विद्युत रोधी पढ़ना किसी चालक के भीतर मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश पढ़ना फिर परा पदार्थ पढ़ना वैद्युत ध्रुवण पढ़ना है फिर संधारित पढ़नी है तथा तो साथ साथ में श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन पढ़ना है फिर उसके बाद पट्टिकाओं के बीच पर माध्यम होने या न होने पर किसी समांतर पटिका की संधारित की संधारित और संधारित पहले ऊर्जा ये जो तीन अभी लास्ट में मैंने बोला एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं ये एग्जाम के दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों आपको ये आना चाहिए और मैंने इतनी आसान भाषा से बता के रखा है इतनी आसान भाषा से बता के रखा है कि आप उसको केवल एक बार ध्यान लगा के देखिए तो आप कहीं भी नहीं भूलने वाले हैं कौन कौन सी एक बार फिर से करें पट्टिकाओं के बीच पराम पदार्थ भरने पर क्या धारिता होती है तब आपको ध्यान देना है और पट्टिकाओं के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ ना भरा हो तब धारिता क्या होती है ये दोनों चीजें और साथ साथ में संधारित में संचित ऊर्जा ये तीनों हेडिंग इस चैप्टर की बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंगे तो और सारी महत्वपूर्ण थी परंतु यहां से हंड्रेड परसेंट है कि यहां से एक क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है तो प्यार बच्चों फर्स्ट यूनिट में केवल आपको इन्हीं टॉपिकों का अध्ययन करना है अब हम केवल बात करते हैं कि फर्स्ट यूनिट में कौन से टॉपिक का हमको अध्ययन नहीं करना है तो प्यार तो प्यारे बच्चों जो फर्स्ट यूनिट में जो टॉपिक काट दी गई है चर्चा तो मैंने पहले ही कर लिया है परंतु वो आपको स्क्रीन पे अब लिख के दिखाई पड़ रहा होगा कि आखिर कौन सा नहीं पढ़ना है तो वो केवल एक टॉपिक है एक समान आवेशित पतले गोली कोष के कारण भीतर तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है गौश के नियम के अनुपयोग में यही टॉपिक आपको फर्स्ट यूनिट में नहीं पढ़नी है बात क्लियर हुई अब हम चर्चा करेंगे सेकंड यूनिट की किसकी चर्चा करेंगे प्यारे सेकंड की। बात करते हैं सेकंड में. हमको क्या क्या पढ़ना है तो प्यारे बच्चों सेकंड यूनिट जो रहने वाला है वो आपका विद्युत धारा है यूनिट आपकी विद्युत धारा है अब उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये चैप्टर पहले चैप्टर की तुलना में काफी छोटा है विद्युत धारा पढ़ना है धात्विक चालक में विद्युत आवेश का प्रवाह पड़ना है फिर वेग पढ़ना प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग अपवाह वेग, फिर उसके बाद गतिशीलता तथा इनका विद्युत धारा में संबंध उसके बाद ओम का नियम फिर विद्युत प्रतिरोध व्यय अभिला इंपॉर्टेंट है प्यार बच्चो फिर उसके बाद विद्युत ऊर्जा और शक्ति वैद्युत प्रतिरोधकता चालकता प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता सिलो का आंतरिक प्रतिरोध प्रतिरोधवाहक बल विभुवा तो तो उसके बाद विभव मापी का सिद्धांत विभव मापी एवं दो सिलो के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना प्यारे बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है मोस्ट मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ तो मैंने ये भी पढ़ा के रखा है फिर उसके बाद इनका प्रयोग किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की माप यानी विवाह मापी की सहायता से किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते कर हैं इसी के साथ दूसरा वाली जो यूनिट है आपकी समाप्त होती है बच्चों। अब आपके मन में फिर प्रश्न उठा कि दूसरी यूनिट में सारी ने तो पूरा के कूड़ा बता डाला मुझे क्या नहीं पढ़ना है भाई एक मिनट सब लिखीजिए इतनी बातें क्लियर हुई कि आपको सेकेंड चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है अब क्या नहीं पढ़ना है वो ध्यान दीजिए अब आपको बताएं चैप्टर में केवल दो टॉपिक को नहीं पढ़ना एक मैंने मैंने पढ़ाया होगा कार्बन कार्बन प्रतिरोधों के लिए कार्बन प्रतिरोध के लिए लिए कोड अर्थात जो प्रतिरोध बताए से रखा पहले बच्चों एग्जाम के दृष्टि से जो है आपकी कॉम्पिटिशनल एग्जाम के दृष्टि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो चीज परंतु आपके इस बारेबस के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आप इसको नहीं पढ़ सकते प्यारे बच्चों फिर आगे उसी में भी प्रतिरोधों का श्रेणी और प्रतिरोधों का क्रम क्रम आपको पे दिखाई पड़ रहा होगा और एक कार्बन प्रतिरोध कार्बन प्रतिरोधों का वर्ण संकेत यही दो टॉपिक सेकेंड यूनिट में आपको नहीं तैयार करनी है क्या इतनी बात क्लियर हो रही है अब हम चर्चा करेंगे थर्ड यूनिट की क्या अर्था थर्ड यूनिट में आपको क्या पढ़ना प्यार अब हम देखते हैं थर्ड यूनिट में क्या क्या पढ़ना क्या क्या नहीं पढ़ना थर्ड यूनिट का का नाम है विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबक जो कि अब इसमें क्या क्या पढ़ना ध्यान दीजिएगा चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना पढ़ना है, है बायोसिव नियम है धारावाही लूभ में इसका अनुप्रयोग फिर एंपियर का नियम फिर अनंत लंबाई के सीधे तार तथा वृत्ताकार कुंडली का अनुप्रो मतलब एम्पियर के नियम में दो अनु फिर उसके बाद विद्युत में, में प्रभावित करता तो उस समय क्या बल होगा वो भी पढ़ना साथ साथ में प्यारे एम्पियर की परिभाषा फिर एक समान चुंबकी क्षेत्र में धारावाही लूप के द्वारा बल आ गुण का अनुभव यह भी पढ़ना चल कुंडली गैलोमीटर फिर उसके बाद इसकी धारा सुग्रायता फिर अमीटर पढ़ना था बोल्ट मीटर में रूपान रूपांतरण अमीटर का बोल्ट में रूपांतरण भी पढ़ना है प्यारे बच्चों फिर उसके बाद चुंबकीय दिधुर के लूप में तथा इसकी चुंबकीय दिधुर आघोड़ भी पढ़ने है प्यारे बच्चों फिर किसी परिभ्रमण करते इलेक्ट्रॉन right, तथा चुंबकी दिधुर आघोड़ यानी कोई परिभ्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन का चुंबकी दिधुर आघूड़ भी पढ़ना है फिर प्रणालिका के रूप में छड़ चुंबक पढ़ना है फिर चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र रेखाएं तथा पृथ्वी की चुंबकीय पढ़ना। है। ये सारी चीजें आपको एक एक चैप्टर वाइज करके पढ़ाई गई है ठीक इस बात को आप ध्यान दीजिएगा तो ये थर्ड यूनिट रहा अब आपको थर्ड यूनिट में क्या नहीं पढ़ना है? प्यारे बच्चों उसकी बात कर लेते हैं थर्ड यूनिट में क्या नहीं पढ़ना है चुंबकीय देव के कारण अच्छी और निरक्षी स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यानी ये नहीं पढ़ना है चुंबकीय फिर चुंबकीय में प्रति चुंबकी लौह चुंबकीय अनुचुंबकी इनके जो उदाहरण है ये सब सारी चीजें नहीं पढ़ने है आपको फिर उसके बाद विद्युत चुंबक नहीं पढ़ना प्यारे बच्चों उसके बाद एक लास्ट और आता है विद्युत चुंबक को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं साथ साथ में अस्थाई चुंबक इन सबको आपको नहीं पढ़ना प्यारे बच्चों और हम आपको बता दें ये भी जो चैप्टर है ना आपको आपको आठ नंबर अब हम बात करेंगे की, यानी आपकी क्या है चौथी यूनिट है वैद्युत चुंबकी प्रेरण तथा प्रत्यावर्ति धारा अब हम इस चैप्टर में आने जो टॉपिक है हम उन टॉपिकों का चर्चा करते हैं क्योंकि आखिर क्या पढ़ना क्या छोड़ना है बता दे रहे तो इसमें आपको वैद्युत चुम्बकी प्रेरण पढ़ना है फैलाड़ी के नियम पढ़ने हैं प्रेरित धारा पढ़ना प्यारे बच्चों फिर लेंज के नियम पढ़ने हैं फिर भवर धाराएं पढ़ना है फिर स्व प्रेरण जिसे सेल्फ कहते हैं, फिर उसके बाद अन्य पढ़ना है फिर धारा पढ़ने हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज के शिखर मान वर्ग माध्यमूलमान धारा का वर्ग माध्यमूलमान ये सब सारी चीजें क्लियर करनी है प्यारे बच्चों और एक बात ध्यान दीजिएगा प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्यमूलमान होता है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको आप स्टार लगा सकते नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, 100 गारंटी है है। कि ये क्वेश्चन आपके इस बार एग्जाम में पूछा जाने वाला है। फिर आगे क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा फिर उसके बाद प्रतिबाधा पढ़ना है फिर प्रतिबाधा कौन से परिपथ में पढ़ना उसकी चर्चा एलसी सी परिपथ एसी परिपथ आरसी परिपथ उसके बाद एलसीआर परिपथ में जो है वो भी पढ़ना है साथ साथ में अनुनाद परिपथ भी पढ़ने हैं प्यारे बच्चों अनुनाद और एलसीआर ये भी एकदम हंड्रेड परसेंट इंपॉर्टेंट कह लिया जाए इसको 100 में आप 100 मार्क दे सकते हैं आने की गारंटी है इसकी तो इसमें क्या नहीं पढ़ना उसकी उस पर नजर डालते हैं हम भैया जो नहीं पढ़ने ना उस दो चीजें हैं एक शक्ति गुणांक है एक वातहीन धारा है एक शक्ति गुणामंक है, है जो कि इस बार सेवेंटी परसेंट सिलेबस के अंतर्गत इसको नहीं पढ़ना है अब जो कि अभी कुछ ही समय पहले समाप्त हुआ है ये चैप्टर क्या है इसमें वैद्युत चुंब तरंगे पढ़ना है फिर इनके अभिलक्षण पढ़ना है जो कि आपको बता दिया गया प्यारे बच्चों प्रकाशित हाँ उसके बाद क्या है सॉरी प्रकाशिक नहीं हाँ फिर उसके बाद वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम भी आपके टॉपिक में है फिर आगे इसमें क्या कर रहा है आपको इसमें कौन कौन सी तरंगे पढ़नी है रेडियो तरंगे और सूक्ष्म तरंगे इन दो तरंगों को भी पढ़ना है फिर और दृश्य उसके साथ पराबैगनी फिर फिर गामा किरणें इनका और इनका उपयोग उपयोग और भी पढ़ना है बच्चों ठीक इस बात को आप ध्यान दीजिएगा पराबैगनी और एक्स गामा किरणें उसके बाद रेडियो तरंगें सूक्ष्म तरंगें इन तरंगों का जो है आपको उपयोग भी पढ़ना है अर्थात अब आपकी जो केवल केवल प्यार बच्चों जो आपका अध्याय है है, या यूनिट उनमें से केवल केवल एक चीज हटाया गया प्यारे बच्चों, धारा की आवश्यकता धारा की आवश्यकता क्यों हुई ये हमको इसकी इसमें नहीं पढ़ने प्यारे बच्चों इसी के साथ आपको फर्स्ट भाग के फिजिक्स में क्या नहीं पढ़ना है क्या पढ़ना है वो सारी चीजें अपनी तरह से रूप से से क्लियर कर दिए हैं बच्चों और और आई होप कि कि आपको समझ में आया होगा कि क्या कहां से पढ़ें और कैसा तैयारी करें कि एग्जाम में हमारे जो मार्क्स हैं बहुत अच्छे बने हैं और बहुत अच्छे प्राप्त करें प्यारे बच्चों तो आज की क्लास में केवल फर्स्ट फिजिक्स की बात करने वाले हैं सेकेंड फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे कि क्या पढ़ने हैं क्या नहीं पढ़ने प्यारे बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा कि जिन दोस्तों को ये चीजें नहीं पता है वो भ्रम में है क्या पढ़ने हैं क्या नहीं पढ़ने हैं उन सभी लोगों को पता चल जाए प्यारे बच्चों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत थैंक यू ऑल डे स्टूडेंट